नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से यूट्यूब चैनल रमे के साथ आज हम जानेंगे पंद्रह डेली यूज होने वाले वाक्यों के बारे में पहला है एक कोई मजाक नहीं है ए कोई मजाक नहीं है दिस इज नाटा चौक दिस इज नाटा चौक दूसरा है हमारा यहाँ क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हार्ट इज हैपनिंग हियर, हार्ट इज हैपनिंग हियर। सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरी थिंग इज फाइन एवरी थिंग इज फाइन क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू गेट माई पॉइंट डिड यू गेट माई पॉइंट तुम्हें मुझसे क्या चाहिए तुम्हें मुझसे क्या चाहिए इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी वट डू यू वांट फ्राम मी तुम कितने साल के हो तुम कितने साल के हो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाओ ओल्ड आर यू हाउ ओल्ड आर यू तुम्हारा ऑफिस कहाँ पे है तुम्हारा ऑफिस कहाँ पे है वेर इज़ योर ऑफिस वेयर इज़ योर ऑफिस स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ गेट रेडी फॉर स्कूल गेट रेडी फॉर स्कूल मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल ट्राई माई लेबल बेस्ट आई विल ट्राई माई लेबल बेस्ट क्या तुम साथ चल रहे हो क्या तुम साथ चल रहे हो आर यू कमिंग एलोंग आर यू कमिंग एलोंग मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर बहुत ख़ुशी हुई इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी प्लेस टू मीट यू आई एम वेरी प्लेस टू मीट यू तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर माई रिस्पॉन्सबिलटी यह ठीक नहीं है यह ठीक नहीं है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नाट फेयर दिस इज नाट फेयर तुम आज क्या कर रहे हो तुम आज क्या कर रहे हो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वट आर यू डूइंग टूडे वट आर यू डूइंग टूडे मैं फिर से आऊँगा मैं फिर से आऊँगा इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम अगेन आई विल कम अगेन अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद